गोल्डन वर्ड्स स्पोकन बाय गुरुजी जी इस मंदिर विच बारह तीर्थ स्थाना का धाम है गुरुजी कहते हैं जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं वहां आने से बारह तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है ऐसा गुरुजी का कहना था